हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की रेसिपी है मोटी लाल मिर्ची का अचार बनाना तो आइए बनाते हैं मोटी लाल मिर्ची का अचार अचार बनाने के लिए ये हमने 200 ग्राम मोटी लाल मिर्ची ली है दो चम्मच हमने नमक लिया है और एक चम्मच हमने हल्दी पाउडर दो चम्मच हमने सौंफ और दो चम्मच हमने मेथी दाना लिया है और दो चम्मच हमने राई और दो चम्मच हमने जीरा लिया है और एक छोटा चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है और एक चम्मच हमने सिरका लिया है और ये मैंने दो बड़े सर्वी स्पून तेल लिया है तो आइए बनाते हैं मोटी मिर्ची का अचार ये मैंने एक सॉस पैन लिया है अब मैं इसमें यह सौफ मेथी दाना जीरा और ये राई डाल दूंगी और इन्हें मैं रोस्ट कर लूंगी हमारे मसाले रोस्ट होने लगे हैं और ये हमारे मसाले भून चुके हैं और गैस को मैं बंद कर दूंगी और इन मसालों को एक प्लेट में निकाल लूंगी और इस मसाले को मैं ठंडा होने दूंगी जब तक ये हमारे मसाले ठंडे होते हैं तब तक मैं ये मिर्ची में चीरा लगा लेती हूँ मिर्ची को मैंने अच्छे से धो के और धूप में सुखा लिया है मैं इनके बीज नहीं निकालूंगी मैं इसी प्रकार से चीरा लगाऊंगी इसमें मिर्ची में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए नहीं तो अचार खराब हो सकता है ये बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाता है अचार ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल दूंगी और इसका बारी पाउडर बनाकर तैयार करूंगी और ये हमारा मसाला कितने अच्छे से पिसकर तैयार हो चुका है मैं प्लेट में निकाल लूंगी अब मैं इस मसाले के अंदर ये नमक डाल दूंगी साथ ही लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी और ये हल्दी भी डाल दूंगी इसमें मैं से मिक्स कर लूंगी मैं अच्छे से ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इसके अंदर दो चम्मच ऑयल डालूंगी ऑयल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था और ये ठंडा हो चुका है अब मैं इसमें दो चम्मच ये ऑयल डाल दूंगी और साथ ही मैं ये एक चम्मच मैंने सिरका लिया है ये बीसी में डाल दूंगी आप चाहे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल किया है और अब मैं इसे हाथ से मिक्स कर लूंगी ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इस मसाले को हरी मिर्च के अंदर भर दूंगी मिर्ची को अच्छे से दबाकर भरूंगी मैं और इसी प्रकार से मैं अपनी सारी मिर्च को भरकर तैयार कर लूंगी और ये हमारी सारी मिर्ची भरकर तैयार हो चुकी हैं और अब मैं ये मिर्ची को इस डब्बे के अंदर डाल दूंगी मैं मिर्ची पे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और डे के अंदर डालती जाऊंगी और ये मैंने सारी मिर्ची को इसमें डाल दिया है और अब मैं ये बचाऊ को, मिर्ची को।